हेलो आज के वीडियो में हम कुछ ही ऐसी चीज कर रहे हमने जो वॉच यूज की उस वॉच को मैं दिखा रहा हूँ मैंने क्या किससे किया वो प्रोसेस रहा पहले तो मैं एक बार आपको ये दिखाता हूँ ये वो गड़ी जिसको हमने लिया था यूज पाई मशीन भी गायब कर दिया है मैंने कोई नहीं ये अपनी पास ठंडा है तोड़ गई गाइस पूरा नहीं देखते हो लाइक भी नहीं करते भी नहीं करते कुछ भी नहीं करते आप करो से ही मैं आपके देता हूँ तो लाइक करो सब्सक्राइब करो कमेंट करो शेयर करो कैसा लगता है आपको मेरा आज का वीडियो जल्दी मिलता है अगले वीडियो में बाय बाय कड़ी को मत बुना